मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में विपक्ष के खिलाफ माहौल है जिसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा उन्होंने कहा कि 14 फरवरी से वे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में जाएंगे दतिया पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने माँ पीताम्बरा पीठ आरोप माँ बगला देवी की आराधना की और वन महादेव का जलाभिषेक कर मनोकामना मांगी उन्होंने बताया कि वे 14 फरवरी से उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी भागीदारी शुरू कर देंगी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी कयास लगाए जा रहे हैं कि उमा भारती के चुनाव में आने से बुंदेलखंड की सीटों में भाजपा को फायदा पहुंचेगा। चौदह फरवरी डेट दी हुई है क्योंकि तो मेरा अभी हवन नहीं हुआ वो जो एक समाप्ति का हवन होना है ना जो मेरे गुरु जी के स्थान पर जब चल रहा है वो चौदह फरवरी को उसका हवन है लेकिन मेरे को बहुत व्याकुलता थी से और की इसलिए मैं आ गई हूँ मैंने पार्टी को भी कहा कि मैं चौदह फरवरी के बाद के प्रचार में एक्टिव होंगी इसके बाद मैंने पार्टी को बुलाया कि आप जब कहोगे हमें